P.F. निकालने के लिए यू नंबर और पासवर्ड डालें और पैसा अकाउंट में ऐसे लें आइए फ्रेंड जानते हैं कि कैसे आपको पैसा जो है अकाउंट में लेना है सबसे पहले ब्राउज़र पे ई लिखेंगे फर्स्ट लिंक ओपन करेंगे अपडेट के वायसी पर जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नो योर इवेंट सबसे पहले अपना इवेंट जानने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल करके जो फॉर्म खुलेगा इसे आपको फिल करना है ठीक है जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे आधार आएगा आधार डाल लेंगे और आधार का ओ यहां पे यहाँ सबमिट कर लेंगे और कैप्चा जो भी आ रहा है उसे फिल कर लेंगे ठीक है तो फ्रेंड यहां पे फिल कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं अब यहां पे आधार का आता है तो आधार हम यहां पे डाल करके इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं प्रोसेस को जैसे ही कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस तो आपको दिखाते हैं कि यू नंबर क्या होता है ठीक है फ्रेंड तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपनी नेम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं और आधार नंबर भी डाल लेते हैं ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको अपना यूएन नंबर पता चल जाएगा आप देख सकते हैं यूएन नंबर आ गया है ऊपर पॉपअप में इसे हम स्क्रीन कर लेंगे और सेव कर लेंगे ठीक है एंड इसके बाद हम जो है फिर से उसी वेबसाइट को ओपन करेंगे और अपडेट के के ऊपर जाएँगे जैसे ही अपडेट के के ऊपर जाएँगे तो यहाँ पर फिर से नीचे आएंगे और इस बार जो है हम क्लिक करेंगे एक्टिवेट यूएन ठीक है एक्टिवेट यूएन पे क्लिक करने के बाद जो फॉर्म खुलता है इसे पूरी तरीके से फिल करेंगे नेम डेट ऑफ बर्थ जो भी है इसमें फिल करने के बाद ये चीज कर देंगे ओपन छोटे से पेटिक लगा करके और नाइट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जाने कि आगे, आगे आप कैसे पैसे